नमस्कार मैं गौरी प्रस्तुत करती हूँ दिल खुश मनपसंद शायरी अच्छी बातें प्यारी बातें अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिएगा हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ गुलजार जी की शायरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ यू ना खोलना जिंदगी की किताब को खुला क्या पता बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना कब पलट दे एक दिन मेरे साथ बैठकर वक्त भी रोया बोला बंदा तू ही ठीक था मैं ही खराब चल रहा था इंसान कई बार जब बुरे वक्त से गुजर रहा हो तो जमाने को दोष देता है ये कहकर कि जमाना खराब है जनाब मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप उजाले की तरफ पीट करके खड़े हैं जरा सा मुड़कर देखिए थोड़ा सा उजाला बहुत सारे अंधेरे को मिटा सकता है मगर थोड़ा सा अंधेरा बहुत सारे उजाले को नहीं मिटा सकता उम्मीद उजाले की तरह होती है अब जमाना तो तेजी से बदल रहा है ख़याल भी बदलेंगे मगर देखना सच्चे रिश्ते कभी नहीं बदलेंगे ऐसे भी लोग हैं जो तेरे बदलते वक्त के साथ तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे दिल में जो बात है वो सही वक्त पर कह देने से फैसले होते हैं और दिल में दबी हुई बात ना कहने से फासले होते हैं पुराने जमाने में पंछी भी अपने मुकाम पर पहुंच जाते थे बिना नक्शे के वो तो इंसान है जो दिल से दिल तक पहुंचने में नाकामयाब हो गया है जीपीएस होने के बावजूद अपने कौन पर कौन इसकी जांच खुद पर जब बुरा वक्त आता है तभी होती है जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है दुआएं कभी रद्द नहीं होती बस सही वक्त आने पर ही कबूल हो जाती हैं गुलजार जी कहते हैं एक ख्वाब टूट जाने के बाद दूसरा ख्वाब देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं हौसला ज़िंदगी का चलो फिर एक बार देखते हैं हौसला ज़िंदगी का चलो फिर एक बार देख लेते हैं चलो एक रोज़ ज़िंदगी जी लेते हैं नींद पिछली सदी की जख्मी है ख्वाब अगली सदी के देखते हैं